गुड मॉर्निंग छात्राएं, आज का जो हमारा पाठ निबंधात्मक का जो पाठ है द्वितीय वर्ष चौथा सेमेस्टर के जो छात्रों के लिए बेरोजगारी की समस्या पर निबंध के बारे में आज पाठ है बेरोजगारी देश के सम्मुख एक प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरूदक जो करती है यहाँ पर बेरोजगार युवक युवतियों को संख्या आ, जो दिन ब दिन बेरोज़गारी होती, युवकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़ स्वतंत्रता के जो 50 वर्षों बाद भी जो 70 वर्षों बाद भी सभी को रोजगार देने के जो अपने लक्ष्य से हम मीलों दूर जो हैं बेरोजगारी की जो बढ़ती समस्या निरंतर हमारी प्रगति शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं पहला अशिक्षित बेरोजगार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है देश के 90 प्रतिशत किसान मतलब अभी तो सौ से बढ़कर हो गया होगा आज का जो प्रतिशत देखे तो सौ से सौ प्रतिशत से बढ़कर किसान अपूर्ण या अर्ध बेरोजगार हैं जिनके लिए वर्ष भर कार्य नहीं होता किसानों के लिए वे केवल फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं बाकी समय थोड़ा सा खाली रहते हैं रोजगार नहीं मिलता मजदूरी के लिए जाना पड़ता है जो किसानों को मजदूरी करना पड़ता है वर्षा भाव समझो जो अकाल समझो अतिवृष्टि समझो जो भी लेने पर भी किसानों की जो भी दुर्दशा आ, है जो बेरोजगार की वजह से शेष समय में उनके करने के लिए खास कार्य नहीं होता जो किसानों के लिए यदि हम बेरोजगारी के कारणों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो निरंतर बढ़ती जनसंख्या जो हमारा जो बेकार है कि जो हमारी भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो कांक्रीट जंगल बढ़ते हुए जो प्रकृति घटना प्रकृति घटती जा रही है जनसंख्या बढ़ता जा रहा है इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वर्षा कम पड़ रहा है जो हमारे संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति कहीं अधिक है जिसके फलस्वरूप जो देश का संतुलन बिगड़ता जा रहा है जो समान रूपी का जो वातावरण संतुलन रहे ना वो वा, वातावरण का जो संतुलन बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन इसका दूसरा प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है वर्षों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ आज तो बहुत परिवर्तन आ रहे हैं अनेक व्यावसायिक शिक्षित अः विद्यालयों विद्यालयों में जो अनेक प्रकार के जो शिक्षा पद्धतियाँ शिक्षा नीति बदल चुकी है जो अनेक प्रकार के जो आ, रोजगार संबंधी शिक्षा प्राप्ति होती है जो आजकल हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक नहीं है थोड़ा सा यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती है जो हमेशा आ, क्या सोचते हैं कि बच्चे भी माता पिता भी जो परिवार के सदस्य भी डॉक्टर बने इंजीनियर बने अभियंता बने डॉक्टर बने मगर जो भी काम करने के लिए सभी लोग तैयार करना तैयार रहना पड़ेगा जो शिक्षा से ही शिक्षित शिक्षा से ही जो काम काज मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ न कुछ जो व्यवसाय ढूंढना पड़ेगा व्यवसाय मतलब काम बेरोजगारी का तीसरा प्रमुख कारण हमारे लघु उद्योगों का नष्ट होना था उनके महत्ता का जो कम होना लघु उद्योग मतलब क्या होता है जो कारखाने छोटे मोटे कारखाने गृहा जो गृह संबंधी वस्तुओं की जो कारखाने उसका जो घटता जा रहा है क्यों परिश्रम और जो मशीनों से काम करने वाले जो कारखानों का उत्पत्ति होना इसलिए जो हस्त हस्तरूप से जो बनाने वाले लघु उद्योगों का काम लघु उद्योग भी नष्ट हो रहा है आजकल इसके फलस्वरूप जो देश के लाखों लोग अपने पैतृक व्यवसाय से विमुख होकर रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं इस तरह का गाँव में रहने वाले लघु उद्योग जो लघु उद्योगों का लघु उद्योग बंद होने के कारण सभी लोग जो मजदूरी ढूंढते हुए शहरों की ओर जाने लगे इस तरह का जो गांवों में रहने वाले छोटे मोटे परिश्रम बंद हो रहे हैं आज आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी के मूलभूत कारणों की खोज के पश्चात इसके निदान हेतु कुछ सार्थक उपाय किया जाए इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने छात्र छात्राओं तथा युवक युवतियों की जो मानसिकता पर मानसिकता में जो परिवर्तन लाना होगा यह तभी प्रभावी हो सकता है जब हम अपनी शिक्षा पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाए उन्हें आवश्यक जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें जिससे शिक्षा का समुचित प्रयोग कर सकें विद्यालयों में तकनीकी एवं कार्य पर आधारित शिक्षा दे दें जिससे उनके शिक्षा का प्रयोग उद्योगों व फैक्ट्रियों में हो सके और वे आसानी से नौकरी पा सकें इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है आजकल अपने पंचवर्षीय व अन्य योजनाओं के माध्यम से लघु उद्योग के विकास के लिए वहां निरंतर प्रयास कर रहा है जो आजकल सरकारी विधि विधानों में बदलाव आ रहा है सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाने हेतु तो विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं को लागू किया गया है सभी बड़े शहरों में रोजगार कार्यालय खोले गए हैं जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान की जाती है जो अपने अपने जो निजी संबंधी जो छोटे मोटे परिश्रम खोलने के लिए सरकारी की ओर से जो धन का भी उपलब्ध हो रहा है आजकल अनिधि के रूप में परंतु विभिन्न सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बहुत थोड़ी संख्या में ही बेरोजगारों को खपाया जा रहा है क्योंकि सभी स्थानों पर जितने बेकार है बेकार मतलब बिना काम के हैं उसकी तुलना में जो रिक्तियों की संख्या न्यून है इस कारण बहुत से लोग असंगठित क्षेत्र में अत्यंत कम परिश्रम परिश्रमिक पर कार्य करने के लिए विवश हैं जो शिक्षा करते हैं शिक्षार्थी उसके जो समान रूपी जो काम नहीं मिल रहा है इसलिए कुछ न कुछ काम में भर्ती होना पड़ता है वर्तमान में सरकार इस बात पर अधिक बल दे रही है कि देश के सभी युवक स्वावलंबी बने वे केवल सरकारी सेवाओं पर ही आशित न रहे अपितु उपरयुक्त तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण पर ग्रहण करने कर, कर जो स्वरोजगार हेतु प्रयास करें वर्तमान में सरकार इस बात पर अधिक बल दे रही है कि देश के सभी युवक स्वावलंबी बने ये केवल सरकारी सेवाओं पर ही आश्रित न रहें। अपितु उपर्युक्त तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर स्वरोजगार हेतु प्रयास करें नवयुवकों को उद्यम लगाने हेतु सरकार उन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रही है आजकल वो बहुत प्राचुर्य में है जो सरकारी की ओर से धन देकर जो नवयुवकों में उद्योगिता जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हमें आशा है कि पूर्ण रूप से यह जो युवाओं में परिलक्षण हो सके जो परिवर्तन ला सके रोजगारी मिल सके हमारे देश के नवयुवक कसौटी पर खरे उतरेंगे और देश में फैली बेरोजगारी जैसी समस्या से दूर रहने में सफल होंगे जय हिंद